रीवा के वीर सपूतों ने जब भी समय आया देश के लिए कुर्बानी दी लेकिन आज भूतपूर्व सैनिक कमांडो अरुण गौतम का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है परिवार ने कलेक्टर और रीवा एसपी से ऐसी रासुका हटाने की गुहार लगाई है रीवा में आर्मी के रिटायर्ड फौजी का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है परिजनों ने गलत तरीके ऐसी लगाए गए रासुका को हटाने के लिए कलेक्टर और रीवा एस पी न्याय की गुहार लगाई है परिजनों का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर रास्वा की कार्रवाई की गई वहीं रिटायर्ड फौजी भी गौतम के समर्थन में एसपी कार्यालय में न्याय के लिए पहुंचे बताया जा रहा है कि गौतम का परिवार हमेशा लोगों की मदद करता आया है परिवार ने दो दर्जन गरीब बच्चों को भी गोद लिया था वहीं अब एफ दर्ज होने के बाद क्योंथर की जनता में काफी आक्रोश है जनता ने चाक थाने में गिरफ्तारी का विरोध जताया है लोगों का कहना है की कमांडो अरुण गौतम ने बिजली कार्यालय में जनता के हक की लड़ाई के लिए अनशन किया था जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने षड्यंत्र कर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया कई मामले उनके खिलाफ दर्ज कर लिए गए इसके साथ ही बिना औचित्य के एनएसए लगा दिया गया इसी को लेकर परिवार ने कलेक्टर और एस पी गुहार लगाई है एस द्वारा आश्वासन ये दिया गया है की इसकी हम जाँच करेंगे निष्पक्ष और जैसा भी जाँच में होगा तो उसकी हम कार्रवाई करेंगे जिस दिन से उनको लकअप किए हैं उस दिन से मैं लगातार री, इलाहाबाद रीवा इलाहाबाद रीवा कर रही हूँ आज मुझे एसपी मैं कल भी यहाँ सुबह दस बजे से बैठी थी आज एसपी साहब मिले लेखे और अभी भी हमको वहाँ मिलने की अनुमति अभी तक नहीं मिली मैं मैं तो मिलने की अनुमति लेने गई थी ज्ञापन भाई लोग देने गए थे उसके साथ मिलने की अनुमति भी अभी हमको नहीं मिली हुई है आश्वासन यही दिए है कि दो तीन दिन में देखते हैं जाँच करते हैं जैसा हम उचित कार्रवाई करेंगे पूर्व सैनिक कमांडो अरुण कुमार गौतम के साथ में जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा तीन के ऊपर कार्रवाई की गई है जो राजका जैसी कार्रवाई की गई है उसके समक्ष में मैंने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और इसकी जाँच की जाएगी और जो भी होगा निष्पक्ष होगा इस तरह से आश्वासन दिया गया है अरुण गौतम कमांडो द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को एक उनका जो ट्रांसफार्मर लगाने गए थे उस दौरान उनके शासकीय कार्य बाधा डाली गई और उनको बंधक बनाया गया देखते हुए उनका फटका रिकॉर्ड भी निकाला गया अपराध पंजीबद्ध किया गया इसी दौरान जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है तो संपूर्ण अपराध रिकॉर्ड और जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की और विभिन्न प्रकार के कार्यों को रोक लगाकर बाधा पहुँचाई इसे देखते हुए